ये देखें अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये इंडेक्स है और ये टॉपिक्स हैं ठीक है इसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं और कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं इसके ऊपर आते हैं हम पहले हम ज़रा वेटेज के ऊपर आ जाते हैं कि सिलेबस में हमारी जो वेटेज है टॉपिक्स वो वेटेज कितनी है ताकि मैं अंदाज़ा हो कि जो कुछ हम पढ़ रहे वो किस फ्रेमवर्क से हमें पढ़ना ये देखो वही सेम पेपर होगा दो घंटे का साठ ओटीक्यूज वगैरह आएंगे ये सिलेबस का बैठे थे तो आपके सिलेबस में एक माइनर पोर्शन तो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का और अकाउंटिंग रेगुलेशंस का ये है थ्यूरी स्ट्रेट थ्यूरी दस परसेंट बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेटर है ना जी ये स्टार्ट में दिया हुआ है स्टार्ट के कुछ चैप्टर्स दिए मैं बताता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ उसके बाद जो मेजर सिलेबस है ना वो है बेसिक अकाउंटिंग ये है बेसिक अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग में फिलहाल आपको बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग बताई जाएगी फिर उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के तरीके बताए जाएंगे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे बैंक रिकन्सुलेशन कैसे बनाते हैं कंट्रोल अकाउंट एरर्स इन सस्पेंस अकाउंट इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग के मुख्तलि तरीके बताए जाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा आधा सलेबस जो है ना आधा पेपर 30%, थर्टी परसेंट थर्टी फोटी के उस, अप्रोक्स वो इस सेक्शन से आने में एफर्ट भी इसी पे करनी चाहिए ज्यादा ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है 30 परसेंट जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे सही है यानी कि आपका 80 परसेंट पेपर यानी कि पूरा इंटायर पेपर जो है वो बी और सी से बनकर आएगा मेनली और आखिरी एक 10 परसेंट सेक्शन है जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी कैलकुलेशन है सो ए पार्ट को छोड़कर आपका बी सी और डी मेजोरिटी कैलकुलेशन उसके अंदर भी थ्यूरी होती है लेकिन ए पार्ट इंटायरली थ्यूरी बी सी डी मेजॉरिटी कैलकुलेशन उसमें से मेन हमारा फोकस है बी और सी ठीक है अच्छा अब हम इसको रिलेट करते हैं अपने सिलेबस के चैप्टर्स के साथ तो आपको नजर आ रहा होगा इसमें आप देखें ये जो पहले दो चैप्टर है ना ये वाले ये दस परसेंट है ठीक है थ्यूरी के जो चैप्टर ये दस परसेंट को कवर कर और ये जो लास्ट है ना ये केस स्टडी तो छोड़ दें क्वेश्चन चैप्टर तो छोड़ दें इग्नोर करें किसके बाद सिलेबस नहीं है ये जो लास्ट है ना ये आपका लास्ट दस परसेंट डी इसका एक चैप्टर दिया हुआ ठीक है और एक दो चैप्टर वो दियाबस इन बिटवीन हमारे पास तुम्हें तो नजर आ रहा होगा चैप्टर नंबर थ्री से लेकर चैप्टर नंबर थ्री से लेकर चैप्टर नंबर यहाँ तक ना चौदह तक थ्री से लेकर फोर्टीन तक कितने बनते हैं तकरीबन तकरीबन इलेवन चैप्टर्स बनते हैं जो कि सेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पचास परसेंट ऑफ दिलेबस ठीक है और ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बाकी पंद्रह से लेकर उन्नीस तक के जो बन रहे हैं ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं ठीक है सॉरी 15 से ऑनवर्ड 15, 16, 17, 18, 19, ये आपका वो 30 परसेंट ऑफ दिलेबस है तो ये बात हो गई सिलेबस की अब जो बेसिक अकाउंटिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं बेसिक अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिक बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग जो है वो कहाँ दी हुई है बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग तीन चैप्टर्स में कवर की हुई है ये वाली बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं लेजर्स और टी अकाउंट्स कैसे बनाते हैं डबल एंट्री कैसे बनती है ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक कैसे जाती है ये तीन चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग है और जो ऊपर दिए हुए हैं वो है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अकाउंटिंग इन्वायरमेंट ये कुछ चीज़ें ना कुछ चीज़ें तो अकाउंटिंग इन्वायरमेंट वगैरह में तुमने पढ़ी भी होंगी क्योंकि थ्यूरी है तो मैं बुक से ही रेफर कर रहा हूँ उसको डायरेक्टली जैसे स्टेक होल्डर के बारे में पढ़ा जी सर स्टेक होल्डर तो पता है ना तुम्हें कौन कौन से होते हैं सही है ठीक है जी जी अच्छा बिजनेस बिजनेस जो होते हैं ना बिजनेस ये भी तुमने पढ़ा है बिजनेस कई तरह से होते हैं फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी होते हैं सही है और ट्रेडिंग बिजनेस भी होते हैं और सर्विस बिजनेस भी होते हैं ये सब तुमने पढ़ा हुआ है ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस या एंटिटी कंपनी ये सब एक जैसी चीज है ठीक है कोई भी बिजनेस होगा ना वो कुछ ना कुछ तो करता होगा ना काम करता होगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वो प्रोडक्ट बनाता होगा ट्रेडिंग बिजनेस है तो प्रोडक्ट बनी बनाई बेचता होगा सर्विस बिजनेस है तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा जैसा हम फोन की सर्विस इस्तेमाल करते हैं सही है टेलीफोन की सर्विस इस्तेमाल करते हैं कितने तरह से क्लासीफाई करते हैं तीन तरह से बिजनेस को क्लासीफाई करते हैं एक होता है हमारा सोल प्रोपराइटर या सोल ट्रेडर सही सोल ट्रेडर कौन होता है जो एक अकेला शख्स बिजनेस कर रहा होता है सही अब अकेला शख्स बिजनेस करेगा तो उसमें प्रॉब्लम यह होगी कि उसके पास ये तो रिसोर्सेस भी कमी होगी कैपिटल की कमी होगी पैसों की कमी होगी मैन पावर की भी कमी होगी अकेला बंदा होगा सही है तो बिजनेस चलाने के लिए कुछ अपना पैसा इस्तेमाल करेगा और कुछ पैसा वो लोगों से उधार लेगा नॉर्मली वो कहाँ से उधार लेता है इससे उधार लेगा बैंक से उधार ले लेगा ठीक है बैंक नॉर्मली ठीक है इसका ये मतलब नहीं बैंक के अलावा किसी से नहीं ले सकता बैंक से उधार ले सकता है कहीं और से पैसा बोरो कर सकता है गुड्स क्रेडिट पे खरीद सकता है सोन so लेकिन अपना पैसा जो उसका लगा हुआ है उसके साथ साथ उसको बाहर से आउटसाइडर शोर से पैसा लेना पड़ता है बैंक किसी भी बिजनेस के लिए चाहे वो सोल ट्रेडर हो चाहे वो पार्टनरशिप हो चाहे वो कंपनी हो सब लिए एक इंपॉर्टेंट चैनल है बैंक बैंक क्या करता है बैंक क्या करते हैं का काम क्या है? को पैसे देता। इसका सा मतलब यह है यह तो सरप्लस यूनिट मतलब किसी और उससे क्या कमाना उससे इंटरेस्ट कमाना ठीक है तो हर बिजनेस बैंक से पैसा लेता है और बैंक को उसके ऊपर क्या देता है इंटरेस्ट पे करता है पार्टनरशिप okay. में क्या होता है जब आपको बिजनेस एक्सपेंड करना होता है या आपके पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो आप कहते हैं यार मैं अकेला काम नहीं कर सकता एक काम करते हैं दो या दो लोग मिलकर जैसे हम दोनों ने कहा कि ठीक है हम एक चाय का होटल खोल लेते हैं आजकल बड़ा अच्छा बिजनेस है तो क्यों हम दोनों स्टार्ट कर रहे हैं या तो कैपिटल एक लगा रहा होगा टाइम दूसरा देगा या दोनों कैपिटल लगाएंगे दोनों टाइम देंगे ठीक है दो बंदे दो से ज़्यादा लोग मिल करना क्या करते हैं जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं पार्टनरशिप पर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ़ फाइनेंसिंग के ऑप्शन बढ़ जाते हैं क्योंकि पहले एक बंदा पैसा लगा रहा था अब दो बंदे पैसा लगा रहे हैं ठीक है अच्छा पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है ठीक है पार्टनरशिप इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ यानी कि तुम्हें सीमा में पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पूरे सीमा में है ही नहीं खड़ा ही नहीं जाएगी कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में वैसे कोई खास फर्क नहीं होता सोल ट्रेडर की अकाउंटिंग में पार्टनरशिप की अकाउंटिंग एक जैसी ही होती अच्छा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज कंपनीज की आगे हम क्लासिफिकेशन शायद पहले देख भी चुके हैं पब्लिक प्राइवेट पता की थी हमने इकोनॉमिक्स में पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट कंपनी जी तो ठीक है तो कंपनी को हम कंपनी ट्रीट करते हैं फिलहाल कंपनी जो होती है ना वो लीगल एंटिटी होती है ठीक है और कंपनी के अपने एसेट्स होते हैं अब ये टर्मिनलॉजीज आना शुरू हो गए अकाउंटिंग की अकाउंटिंग में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल इन तीन चीज़ों से मिलकर सारी चीज़ें बनती यानी कि अगर आप एकदत बैलेंस शीट की बात करेंगे ना जब भी तो उस बैलेंस शीट में एसेट्स होंगे उस बैलेंस शीट में लायबिलिटीज होंगी और उस बैलेंस शीट में कैपिटल होगा ठीक है तो कंपनी और बाकी बिजनेस में फ़र्क ये है कि कंपनी जो होती है ना वो उसके शेयर होल्डर्स की होती है कंपनी को कौन ओन करता है ऑनर ओन करता है लेकिन ऑनर कौन होते हैं ऑनर होते हैं शेयर होल्डर्स ठीक है ठीक है? है अभी मैं आगे जाके इस बात करूँगा लाइबिलिटी लिमिटेड क्या होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है अभी इस पर हम बात नहीं कर रहे तो so, ये तो बेसिक बात होगी ठीक है देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी ये आपको पता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जैसे हमने अक्सर सुना होगा के इलेक्ट्रिक के बारे में पीआईए के बारे में ये एक लिमिटेड कंपनीज हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन्हें क्यों कहते हैं क्योंकि इनके शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर बिकते हैं कोई भी शेयर्स खरीद के ऑनर बन सकता है के इलेक्ट्रिक का पी का पी का लेकिन आप किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आपको किसी मार्केट में नहीं मिलेंगे वो कुछ लोगों के हाथ में होते हैं फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में तो वो ट्रेड नहीं होते ना पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कुछ लोगों के हाथ में होते हैं ऑनर कौन होते हैं प्राइवेट कंपनीज में कुछ ठीक है फिर एक क्लासीफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है पब्लिक कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो काम नहीं करते कंपनी चलाते हैं डायरेक्टर्स ठीक है प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स नॉर्मली एक ही होते हैं तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं शेयर होल्डर्स अपने बिहाफ पर डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं और डायरेक्टर्स उनके बिहाफ पर काम करते हैं जिनको क्या कहा जाता है डायरेक्टर्स को एजेंट कहा जाता है और शेयर होल्डर्स को कहा जाता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ठीक है अच्छा इसी तरह हम लोगों ने उसमें पढ़ा था इकोनॉमिक्स में पढ़ा था नॉन प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जिनका ऑब्जेक्टिव होता है अदर देन प्रॉफिट कमाना उनका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल सिक्योरिटी सोशल सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल दी हुए क्लब्स एंड सोसाइटीज़ तो जो मुख्तलिफ क्लब्स होते हैं ये अपने मम्बर्स के लिए बनाए जाते हैं ये मेम्बर्स के ऑबजेक्टिवस को मीट करने के लिए बनाए जाते हैं सोशल क्लब भी हो सकते हैं ठीक है और इस तरह जो है प्रॉफिट प्रॉफिटबल एक्टिविटीज़ भी वो लोग कर रहे होते हैं लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव अलग होता है चैरिटीज़ क्या करती हैं चैरिटी सोशल कॉज के लिए काम कर रही होती है हॉस्पिटल खोल लिया तो चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया चैरिटेबल स्कूल हो गया तो ये स्पेसिफिक फंक्शन के तौर पे काम कर रही होती कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, जो कि गवर्नमेंट की लोकल और सेंट्रल बॉडीज होती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी है दीज आर ठीक है ये आपको मुख्तलिफ सर्विस दे रही होती हैं, है मुख्तलिटिव इनके होते हैं ये कर रही होते हैं ठीक है अकाउंट की एग्जाम्पल क्या होगी इसकी एग्जाम्पल गवर्मेंट बॉडीज की एग्जाम्पल आप ले लें ये जैसे फॉर एग्जाम्पल एफबीआर बी आर ले लें एफ ले लें टैक्स डिपार्टमेंट ले लें ले ले। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है ना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं किसी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है बिजनेस ने एक चीज़ बेची खरीदी एसेट्स खरीदे एसेट्स बेचे गुड्स खरीदे गुड्स बेचे ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन है चाहे वो बिजनेस किसी भी नेचर का हो तो बिज़नेस उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है तो अकाउंटिंग क्या काम करती है अकाउंटिंग क्या करती है बिज़नेस को रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है समराइज़ करने में हेल्प करती है क्लासीफाई करने में हेल्प करती है एक सिस्टमेटिक मैनर में ठीक है और उसका अल्टीमेट फ़ायदा ये होता है कि आप अपने ऑनर्स तक बल्कि आप अपने इस्टेक होल्डर्स तक वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें अपने इस्टेक होल्डर्स को ऑनर को अदर पार्टीज को ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए डिसीजन ले सकें कंपनी के बारे में मसाला आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो पता लगेगा ना टैक्स वालों को कि आपने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया आपको टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए इसी तरह इंप्लॉइज को पता लगेगा कि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैं यहाँ रुकूँ वर मैं किसी और कंपनी को ज्वाइन करूँ इसी तरह शेयर होल्डर्स को ये पता लगेगा या ऑनर को पता लगेगा कि जी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं वरना इस कंपनी से मैं पैसा विदड्रॉ कर लूँ तो इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो सिर्फ ऑनर को जरूरत नहीं होती इंफॉर्मेशन तमाम स्टेक होल्डर्स को उसकी जरूरत होती है सही अच्छा बिजनेस के अंदर जो ज्यादातर ट्रांजेक्शन हो रही होती है ना हर ट्रांजेक्शन के पीछे बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन होती है क्या होती है डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन ये होती है कि अगर आप कोई भी काम करेंगे ना तो बिजनेस तो उसको प्रूफ मांगेगा ना बिजनेस ओरली तो नहीं चलेगा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज बेचूंगा तो उसकी एनवाइस बना के दूंगा तो मुझे फीस पे करते हो कभी मिली तुम्हें नहीं तो हम तरीके से काम नहीं कर रहे ना लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और एडमिशन फीस देंगे वो कहेंगे ठीक है होगा ही चले जाए आप क्या कहोगे उन्हें चले तो थे प्रूफ कहाँ सा होगा कल आपने कहा मुझे नहीं मिली तो प्रूफ कहाँ से आएगा क्योंकि हम तो ऑनलाइन कर रहे हैं ना ऑनलाइन के सिस्टम अलग होते हैं लेकिन फिजिकली आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आप इस प्रूफ के तौर पे उनसे रिकॉर्ड मांगते हो ना और वो रिकॉर्ड वो अपने पास अपडेट करके रखते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है ट्रांजेक्शन को डॉक्यूमेंट किया जाता है एविडेंस के लिए ठीक है आप ये जो डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं ना वो मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं कि आप एक चीज़ बेचते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा ख़रीदेंगे तो कौन सा उन डॉक्यूमेंट से डेटा उठाया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है ठीक है तो पहली चीज क्या होगी रिकॉर्डिंग या डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन उस डॉक्यूमेंटेशन में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपका डेटा होता है ठीक है और जब आप उस डेटा को मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट कर देते हो तो वो क्या बन जाती इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन तो अगर मैं आपको एक बेसिक डॉक्यूमेंट दू तो वो शेयर होल्डर्स या ऑनर के काम का कोई है वो तो कहेंगे इससे कन्वर्ट करके मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ लॉस कितना हुआ हम फायदे में जा रहे हैं नुकसान में जा रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली उस डेटा को हम यूज करते हुए इन्फॉर्मेशन जनर तो बिजनेस में क्या हो गया डॉक्यूमेंटेशन हुई उस डॉक्यूमेंटेशन को अकाउंटिंग सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड किया अब ये डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल आ रही है अब क्योंकि 10% परसेंट वेटेज है ना इस एरिया की तो सिलेबस में इससे थियोरिटिकल सवाल आते हैं अब ये डॉक्यूमेंटेशन से बिजनेस में एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं कोटेशन मसा तुम्हें एक लैपटॉप खरीदो ठीक है तो लैपटॉप ऐसे जाके गली मोहल्ले से ले लोगे तुम लैपटॉप बेचने वालों से कोटेशन मांगोगे ना कि यार बताएं आप लैपटॉप कितने का देते हैं तो यही उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है तो कोटेशन नॉर्मली बिजनेस लेते हैं गुड्स वगैरह खरीदने के लिए उसके अंदर कोटेशन में वो क्वान्टिटी बताते हैं कि जी हमें इतनी क्वान्टिटी चाहिए इस डिस्क्रिप्शन की चाहिए ये डिटेल्स हमें ये चाहिए ठीक है इसका फ़ायदा क्या होता है हमें ये पता लग जाता है कि हमें किस सप्लायर से गुड्स खरीदने और बाद में जब आप परचेज ऑर्डर बनता है ना अगला तो उससे वो कोटेशन रेफर किया जा सकता है ठीक है ये क्या कोटेशन थी और ऑर्डर क्या प्लेस मतलब मैंने आपसे कहा कि जी मुझे एक लाख यूनिट्स ख़रीदने प्राइस बताओ आपने कहा दो रुपये का एक यूनिट होगा बाद में ऑर्डर प्लेस किया तो उस पर ढाई लिखे हुए हैं तो मैंने कहा भाई कोटेशन तो दो की आई थी ढाई क्यों लिखे तो कोटेशन परचेज ऑर्डर के साथ क्रॉस रेफर किया जाता है ठीक है कोटेशन आ गई अब मुझे चार लोगों से कोटेशन मिली तो मैं चारों को तो नहीं चूज़ करूंगा, ना मैं एक या दो सप्लायर को चूज़ करूंगा, मैंने क्या किया एक सप्लायर को चूज़ कर लिया सही है और उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया उसको हम कहते हैं परचेज ऑर्डर ये परचेज़ ऑर्डर भी डॉक्यूमेंट होगा इसके अंदर सप्लायर की डिटेल लिखी हुई होगी नाम क्या है एड्रेस किया है क्वान्टिटी कितनी मंगवाई डिस्क्रिप्शन कितनी थी सही है टर्म्स एंड कंडीशन कितने दिन में देगा पेमेंट कब होगी नॉर्मली कैश में खरीदते हैं क्रेडिट में खरीदते हैं कैश में नहीं बिजनेस ज़्यादातर क्रेडिट पे काम करते बिजनेस कैश पर काम नहीं करते लेकिन कैश ट्रांजेक्शन भी होती हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होती हैं फिर उसमें डिस्काउंट वगैरह भी आएंगे आगे एक बंदा आप वो कह रहा है आज दोगे तो इतना दूंगा आज दस दिन बाद पेमेंट करोगे तो ज़्यादा लूंगा तो होता है ना नॉर्मली तो कैश पर भी ट्रांजेक्शन करते हैं क्रेडिट पर भी ट्रांजेक्शन करते हैं हम गुड्स खरीदते हैं कैश पे भी खरीदते हैं क्रेडिट पे भी खरीदते हैं हम गुड्स बेचते हैं कैश पे भी बेचते हैं और क्रेडिट के ऊपर भी बेचते हैं ठीक है अच्छा परचेज ऑर्डर आप किसको भेजते हैं परचेज़ ऑर्डर आप भेजते हैं सप्लायर को आप सप्लायर को बोलते हैं भाई ये मेरा ऑर्डर है सही है जैसे ऑनलाइन आजकल होता है ना ऑनलाइन आप ऑर्डर प्लेस करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू वेबसाइट्स के थ्रू तो इसी तरह आप सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और उसे कहते हैं कि भाई अपना जो है ना वो कोटेशन के हिसाब से ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया है सही है और वो ऑर्डर फिर वो दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ मैच कर लेते हैं परचेज ऑर्डर को फिर डिलीवरी नोट के साथ डिलीवरी नोट क्या होता है डिलीवरी नोट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप जब गुड्स वो भेजेगा ना सही है जब वो बिट्स गुड्स भेज देगा तो उसके साथ जो है ना आपको पता लग जाएगा मैच कर लेंगे के जी कि ये क्या है जिसे यहाँ लिखा हुआ डिस्पैच नोट गुड्स डिस्पैच नोट जी ठीक है इसमें डिटेल ऑफ सप्लायर नाम और एड्रेस क्वान्टिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स Provided by supply. तो आपने गुड रिस को और good को देखते हैं मैच करते हैं आप कहते हैं यार ये ये मंगवाया था, ये तो आया ही नहीं। जैसे uh, का order दिया, उसे दस चीजें so, जो आपको बिल देगा, राइडर आएगा उससे मैच करोगे ना ये ये मंगवाया था और एक चीज़ तो आप लेकर ही नहीं है तो ये मैच किया जाता है कि हमने जो ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से चीज़ें आईं या नहीं आई ताकि पेमेंट वगैरह को प्रॉपरली प्रोसेस किया जाए अच्छा इसी तरीके से गुड रिसीव नोट कब बनता है जब आप गुड्स मिल जाता है ना तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट होता है कि जी आपने गुड्स रिसीव कर लिए उस पर एक बंदा साइन करवा लेता है ऐसा ना आप बाद में कहें कि मुझे तो गुड्स रिसीव ही नहीं हुए थे ट्रक वाला पता लगा किसी और को देखे चला गया ठीक है तो गुड रिसीव नोट जब गुड ले लिए जाते हैं तो उसके साथ गुड रिसीव नोट बन जाता है जिसमें क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन मेंशन होता है कौन बनाता है प्रोड्यूस बाय बिजनेस रिसीविंग द गुड्स एज प्रूफ ऑफ रिसीट किसके साथ मैच किया जाता है सप्लायर के डिस्पैच नोट के साथ मैच किया जाता है अपने परचेज ऑर्डर के साथ मैच किया जाता है ठीक है स्पेसिफाई आप एग्री हैं तो आपने उस पर साइन कर दिया उसके बाद क्या होगा सप्लायर आपको इनवाइस देगा बिल को इनवाइस देगा Invoice को निशु करेगा supplier of goods. उसमें क्या होगा हाई इतने दिनों में हमें आप पेमेंट कर देंगे सही जो सप्लायर होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल्स इन होगी क्योंकि वो बेच रहा है ना और जो कस्टमर होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात होगी इसको हम क्या कहेंगे इसका मतलब एक पार्टी के लिए जो सेल्स इन होती है वो दूसरी पार्टी के लिए परचेज इन होती है एक पार्टी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्स रिकॉर्ड करेगी तो सामने वाली पार्टी क्या रिकॉर्ड करेगी रिसीव करना है दूसरी पार्टी को क्योंकि देना है तो उसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगी ठीक है अच्छा उसके बाद क्या होता है उसके बाद आ, एक स्टेटमेंट ऐशू किया जाता है जिसके अंदर डिटेल ऑफ सप्लायर नेम एंड एड्रेस डिटेल ऑफ डेट नंबर एंड वैल्यू पेमेंट मेड रिफंड ओविंग ये सप्लायर का स्टेटमेंट आता है सप्लायर ऐशू करता है अदर डॉक्यूमेंट के साथ इसे चेक किया जाता है कि अमाउंट जो है वो हमारा जो आउट है बाजबत सुना होगा कि बंदा भेज किसी को कि यार आपको हमें एक लाख रुपये देने उसने कहा अच्छा उसने कहा हमारे हिसाब से तो अस्सी हज़ार रुपये तो ये स्टेटमेंट इसलिए भेजे जाते हैं ताकि वेरीफाई किया जा सके कि आपकी पेमेंट जो ड्यू है वो सही ड्यू है या नहीं ड्यू अच्छा बाज़ा ऐसा होता है कि हम गुड्स रिटर्न कर देते किसी वजह से या तो गुड्स खराब आ गए या हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं आए तो उसके लिए फिर एक नोट बनाया जाता है रिटर्न के लिए जिसको कहा जाता है क्रेडिट नोट कौन ईशू करेगा सप्लायर ईशू करेगा कि जी ये हमने जो इन्वाइस भेजी थी ना इनवाइस के अगेंस्ट होता है हमने जो इन्वाइस भेजी थी ना उस इन्वाइस में हमने कुछ चेंजेस कर दिए क्योंकि तो आपने कुछ गुड्स हमें वापस कर दिए थे लेकिन ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट के अगेंस्ट भेजा जाता है डेबिट नोट कौन भेजेगा डेबिट नोट बिजनेस भेजेगा जिसको गुड रिसीव हुए सही है और यानी कि यू समझ लें कि हमारे पास ना एक रिक्वेस्ट करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें क्रेडिट नोट भेजो ताकि मैं इन्वाइस के साथ लगा दूं उसको इन्वाइस करेक्ट हो जाए तो उसको मैं डेबिट नोट के देता हूं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में फर्क क्या है क्रेडिट नोट सप्लायर इशू करता है डेबिट नोट क्लाइंट इशू करता है ठीक है अच्छा सब चीज़ें हो गई ना कोटेशन आ गई ऑर्डर प्लेस किया गुड्स पहुंच गए इन्वाइस बन गई सब कुछ हो गया पेमेंट का टाइम आएगा पेमेंट <coughs> <coughs> का टाइम आएगा तो आपको एक रेमिटेंस एडवाइस भेजेंगे किसको किसको पेमेंट करनी है पेमेंट हमें किसको करनी है सप्लायर को पेमेंट करनी है उसको बताएंगे भाई मैंने एक चेक भेज दिया है तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट कर दी है तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दिया है उसको मेथड ऑफ पेमेंट बताएंगे एनवाइस नंबर बताएंगे अकाउंट नंबर बताएंगे सो एंड सो, ये एक कम्प्लीट प्रोसेस यहाँ पर सही है बता दें जब आपने रिमिटेंस एडवाइस भेज दी उसको मिल गई तो आपके पास एक वेरीफिकेशन मैसेज आएगा कि जी पेमेंट रिसीव हो गई है ये सेलिंग बिजनेस बेचेगा कि आपकी पेमेंट जो है वो रिसीव होगी ये एक पूरी साइकिल सही है और इस साइकिल के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं ना सारे डॉक्यूमेंट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन प्रैक्टिकली तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना एक अकाउंटिंग साइकिल के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं क्या होते हैं कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते बेसिक अच्छा उसके बाद हम थोड़ा सा फर्दर जाए तो ये मैंने कहा था कि देखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो होती है स्टेक होल्डर्स की जिनको हम यूजर्स भी कहते हैं ये यूजर्स है कोई अनयूजल यूजर है आप कहो यार कॉम्पिटिटर को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्यों जरूरत होती है ताकि वो देख सके कि उसका कॉम्पिटेटर क्या कर रहा है उसे कॉम्पिटेटर की इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है लैंडर को इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है सप्लायर को कस्टमर को इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट को सबको इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है तो हम इन स्टेक होल्डर्स को थ्री में क्लासीफाई कर देते हैं। तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं जिसको हमने पढ़ा था एक्सटर्नल इंटरनल और कनेक्टेड कनेक्टेड तो? सही है, इन्होंने इसको डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया इन्होंने इसको क्लासिफाई इस तरह से नहीं किया हुआ, इन्होंने इसको इस तरह से क्लासिफाई किया है। है, एक वो ग्रुप ग्रुप, यूजर जो इन्वेस्टर ग्रुप है। है? ये कौन फ्यूचर में पैसा देंगे दोनों आ सकते है? लेंडर ग्रुप कौन होता है जो आपको लोन देने वाले होते हैं यानी कि यूजुअली इसमें बैंक आ जाता है तो आपको लोन दे रहा होता है एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर कौन आ जाता है मैनेजर्स आ जाते हैं करंट एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं जिन्हें काम करना है पास्ट एम्प्लॉयज आ जाते हैं सब अपने अपने कंसर्न है ना एनालिस्ट और एडवाइजर ग्रुप जो कंपनी के इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए रेलिवेंट लोगों को कंपनी के बारे में एडवाइज़ कर रहे होते हैं जैसे इंप्लाई को बता रहे जी आपको यहाँ काम करना ही नहीं करना शेयर होल्डर्स को बना रहे हैं बता रहे हैं कि यहाँ आपको काम करना या नहीं करना बिजनेस के कॉन्टेक्ट ग्रुप्स कौन से होते हैं सप्लायर एंड कस्टमर जिनके साथ बिजनेस का एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो बिजनेस के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं टैक्स अथॉरिटीज अदर लोकल एंड नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी डिपार्टमेंट जैसे एफ बी इस तरह के जो इदारे होते हैं वो बिजनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं तो ये जो बिजनेस की जो यूज़र्स बताए जा रहे हैं ये इसलिए बताए जा रहे हैं कि हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे सही है वो इन तमाम यूज़र ग्रुप्स के लिए अवेलेबल होगा इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा नहीं वो एक अलग मसला की स्टेक होल्डर्स कौन से वो एक अलग मसला ठीक है ठीके? लेकिन ये तमाम कहलाते हैं यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इस्टेटमेंट ठीक है अच्छा इन्होंने इंटरनल को अलग किया हुआ है हम इंप्लॉइज को भी इंटरनल यूजर ही कहते हैं जिन्होंने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन की मैनेजमेंट को इंटरनल अब यहाँ लिखा हुआ अकाउंटिंग कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट अकाउंटिंग का दो बेसिक एलिमेंट है एक है रिकॉर्ड करना सही है और दूसरा है उस रिकॉर्ड को समराइज करना तो रिकॉर्ड करना तो समझ में आता है समराइज़ क्यों करते हैं ना तो उसको मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करने के लिए उसको समराइज़ करना पड़ता है है और ये है उसका ऑब्जेक्टिव ये पूरा अच्छी तरह से याद होना चाहिए interested in an entity in the context of financial accounting this is achieved by the preparation of financial statement तो अब accounting का main aim क्या हुआ financial statement को कैसे बनाया जाता लेकिन financial statement बनाने के लिए पहले recording सीखनी पड़ेगी summarization सीखना पड़ेगा classification सीखनी पड़ेगी फिर finally हम क्या बनाएंगे फिर finally हम financial statement बनाने की position में आ जाएंगे सही ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग और समरइज कैसे होती है ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में पहली मर्तबा कहाँ रिकॉर्ड होती पहली मर्तबा, सबसे पहली मर्तबा। तो कुछ लोग कहते हैं जी डेबिट क्रेडिट होता है ऐसा नहीं है सबसे पहले अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी ट्रांजेक्शन क्या है आपने एक कस्टमर को गुड्स बेचे ट्रांजेक्शन सही है आपने अपने वर्कर को सैलरी दी ट्रांजेक्शन आपने सप्लायर से गुड्स खरीदे इट्स ट्रांजेक्शन आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया इट्स अ ट्रांजेक्शन तो हर ट्रांजेक्शन को सबसे पहले एक बुक में लिस्ट डाउन किया जाता है लिस्टिंग की जाती है उसकी सही है कोई प्रॉपर तरीका नहीं होगा लिस्टिंग का जस्ट नोट किया जाता है वन टू थ्री फोर फाइव इसी बुक्स हम देखेंगे कैसे बनती हैं उन बुक्स को जहाँ पर पहली मरतबा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहा जाता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या कहा जाता है बुक्स बुक्स ऑफ ऑफ प्राइम प्राइम एंट्री एंट्री एंट्री इसको ओरिजिनल भी और जाता है सिमिलर ट्रांजेक्शन को यानी कि हर सिमिलर ट्रांजेक्शन की एक बुक बनाई जाती है नेमली अगर हम बात करें तो एक सेल्स डे बुक बनती है एक परचेज डे बुक बनती है एक रिटर्न डे बुक बनती है एक परचेज रिटर्न बुक बनती है इस तरह आगे जाके हम पढेंगे कितनी बुक्स बनती है तो ये उस समय क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते तो बुक्स बनाई जाती हैं और बुक्स के अंदर हम अपनी सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं दो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ज़्यादा तीन बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक है सेल्स बुक या सेल्स डे बुक सही है वहाँ पर सेल्स रिकॉर्ड की जाती है एक परचेज डे बुक होती है वहाँ परचेजेस रिकॉर्ड की जाती है और एक कैश बुक बनाई जाती है जहाँ पर कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है ठीक है अच्छा एक बात जहनवर है कि जब हम कैश बुक की बात करते हैं ना तो इसका मतलब सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन नहीं होती बैंक के जरिए जो ट्रांजेक्शन होती है उसको भी हम वहीं कंसिडर करते हैं क्योंकि बिजनेस कैश में डील नहीं करता सही है बिजनेस क्या करता है बिजनेस बैंकिंग चैनल ठीक है अच्छा जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी ना इसको रेफर करने के लिए तो भाई हमें क्या पता लाखों ट्रांजेक्शन है कोई खो गई तो हम एक कोडिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कोडिंग सिस्टम क्या होता है कोड इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाए क्रॉस रेफर किया जाए सही ये हम आगे जाके देखेंगे कोड वगैरह क्या होगा अच्छा जी अभी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पर बात हो रही अच्छा पीच में बात हुई थी किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सही है तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना तो हमारे माइंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तुम्हें नज़र आ रही नीचे पांच चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे जी सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में ये पांच चीज़ें आती हैं एक आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये बनाना हमारे सिलेबस में चेंजेज इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन नोट्स नोट्स हमारे सिलेबस में नहीं होते ये स्टूडेंट को इस लेवल पर नहीं सिखाए जाते तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनली बन जाएगा ना पूरा साल ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा समराइज किया जाएगा क्लासिफाई किया जाएगा फाइनली एंड रिजल्ट क्या होगा आखिर में निकलेगा क्या इट रिजल्टियल स्टेटमेंट चाहिए नॉर्मली साल का बनाया जाता है ठीक है अकाउंटिंग ईयर होता है उसके पूरे साल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको एक तरीके से रिकॉर्ड करके और उसको एनालाइज करके क्लासीफाई करके फिर फाइनली ये पांच चीजें बनती हैं इसको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है components components of of financial. Financial अच्छा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना के साथ साथ एक और टाइप की अकाउंटिंग होती है जो कि कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ना ये इंटरनल यूजर्स के लिए होती है और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है कंपनी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है ना उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है और जो कंपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती है उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होता है तो आपको याद क्या रखना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो एक्सटर्नल यूजर के लिए होती है यानी कि छुपा के नहीं रखी जाती फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्कलोज की जाती है और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो छुपाकर से उन लोगों को दी जाती है छुपी हुई इन्फॉर्मेशन होती है जो कभी ये बताएंगे के रेसिपी है? कभी ये प्रोडक्ट हमने कितने एक प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी इंग्रीडियंट इस्तेमाल की नहीं बताएंगे है लेकिन इंटरनल मैनेजमेंट को तो सारी चीजें पता होती है ना तो ये पांच स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सही है जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं सही है जिसका आजकल एक मॉडर्न नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं पहली चीज क्या होगी इनकम और दूसरी चीज क्या है एक्सपेंसिस अकाउंटिंग में न टोटल पाँच कॉम्पोनेंट्स के बाद पाँच चीजें होती हैं जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक होती है इनकम दूसरी होती है एक्सपेंस तीसरी होती है एसेट्स चौथी होती है लाइबिलिटीज पांचवी क्या होती है कैपिटल उसके अलावा कुछ भी Capital. नहीं होता इन पांच चीजों के अलावा अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं होता अकाउंटिंग इन पांच चीजों को रिकॉर्ड करने का नाम है और इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में कम्युनिकेट करने का नाम है। यही अकाउंटिंग इनकम क्या होती है कैसे रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस क्या होता है कैसे रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स क्या होते हैं कैसे रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं कैसे रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल क्या होता है कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये पांच चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे लेकिन मजे की बात है कि जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दो चीज़ें डिस्कलोज करते हैं क्या इनकम और एक्सपेंसिस एक बिजनेस कोई भी तो, काम कर रहा है ना तो बिजनेस वहाँ से इनकम जनरेट करेगा और उसको उस इनकम को जनरेट करने के लिए सर्टेन एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे ठीक है जैसे मैं तुम्हें तो छोटी सी एग्जाम्पल दो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ इट्स बिजनेस मुझे इनकम कहाँ से मिली स्टूडेंट से फीस मिली चाहिए अब उस फी के अगेंस्ट मैं टीचर हूँ मुझे सैलरी मिलेगी और टीचर है उसको सैलरी देंगे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा लैपटॉप का खर्चा मेनटेनेंस ये वो ये सारे क्या ये सारे हैं एक्सपेंसेस। तो एक दुकान खुली हुई है फॉर एग्जाम्पल किसी शॉपिंग मार्क, मार्केट के अंदर तो उस दुकान के अंदर क्या है कस्टमर आता है गुड्स खरीदता है इनकम और उसके अगेंस्ट जो हम खर्चे कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? उसमें हम एक्सपेंसेस का नाम देते हैं ठीक है अच्छा बैलेंस शीट में जब जाते हैं ना तो बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन और बैलेंस शीट एक ही चीज है बैलेंस शीट पुराना नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन उसका मॉडर्न नाम है या नया नाम है उसमें तीन चीज़ें होती एसेट्स कितने आपके पास आपके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है और आपका बिजनेस के अंदर कैपिटल कितना लगा हुआ है इसको हम आगे वन बाई वन देखेंगे तो ये पांच चीज़ें अगर तुमसे तो पूछा जाए कि भाई इन पांच चीज़ों में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें होती है तो हम कहेंगे इनकम और एक्सपेंस बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती तो हम कहेंगे एसेट्स लाइबिलिटीज एंड फिर इस पर आगे बात करेंगे इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर क्या होता है नोट्स टू दी अकाउंटिंग अब ये टू अर्ली हो जाएगा इसको मैं इसको एक्सप्लोर करूँ सही है अब देखें यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक कंपैरिजन है ठीक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सा सिलेबस है तुम्हारा बी सही है बी इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो दोनों ही अकाउंटिंग लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में फर्क है ये क्लियर होने चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोडक्शन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर किसके लिए है? एक्सटर्नल यूजर के लिए होती है ठीक है एनुअली बनाई जाती है क्वार्टरली बनाई जाती है ईयरली बनाई जाती है ठीक है जर्नली रिक्वायर्ड बाय लॉ ये लॉ क्या है? हर कंट्री के अंदर ना लॉज बने हुए होते हैं जैसे कंपनी लॉ होता है वो ये कहता है कि जी बिजनेस को हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं कोई सेमी एनुअली बोलता है कोई क्वार्टरली बोलता है ठीक तो ये मैंडेटरी होते हैं क्या होते हैं लॉ की वजह से क्या होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेट्री होती है नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं एक्सटर्नल यूजर को वो आज की इन्फॉर्मेशन होती है पुरानी इफॉमेसन होती है या फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन होती है पुरानी होती है। वो पास्ट और करंट इंफॉर्मेशन होती है इस साल के एंड पे जो होती है, तो जिसको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड आगे जाके हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं आई क्या होते हैं सही है ये बात हो गई इसके ऊपर अच्छा एक बात जो यहाँ पे नहीं लिखी भी, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं जिसको मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड किया जा सकता जैसे क्वालिटी क्वालिटी तो मॉनिटरी टर्म्स में नहीं आ सकती क्वान्टिटी क्वान्टिटी मॉनिटरी टर्म्स में आ सकती है कितनी सेल्स हुई कितनी परचेजेस हुई एक लाख की दो लाख की तीन लाख की है तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन मैं अगर कहूँ मेरे वर्कर्स बहुत सच्चे हैं सही है ऑनेस्ट honest है ऑनेस्टी की वैल्यू होगी कोई ऑनिस्टी की तो कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो देती है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं देती वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है इसके कंपेयर एंड कंट्रास्ट में अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली जो आपकी इंटरनल मैनेजमेंट है ना वो अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करती है जैसे बजट्स बनाना ये प्लानिंग करना कंट्रोल करना उसकाशन एंड प्लान फॉर दूचर ये वो शेयर नहीं करते प्लान वगैरह बाहर दुनिया से नॉर्मली प्रीपेड मंथली ऑफ ऑन ऑन रोलिंग बेसिस इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मुकाबले में ज़्यादा इस्पीडली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मैंडेटरी है क्वार्टरली या सेमी एनुअली ये रेगुलर बेसिस पर बन रही होती है लेकिन ये मैनडेटरी नहीं होती ये आपको किसी ने बाउंड नहीं किया हुआ कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाएंगे अच्छा फिर जब बाउंड नहीं किया हुआ तो ये भी बाउंड नहीं किया हुआ कि कैसे बनाएंगे हर बिजनेस अपनी मर्जी से बनाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तरीका होता है ना इनकम स्टेटमेंट आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते उसके दो तीन फॉर्मेट हैं सब एक जैसे तरीके से बनाते हैं तो उसके स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होते हैं यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट्स नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फ्यूचर पे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं सही है पास्ट को देख हम बजटिंग करते हैं फोरकास्टिंग करते हैं ये सब तुम्हारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस में आएंगे और इंफॉर्मेशन जो दी जाती है ना वो मैनेजर्स की रेलेवेंस के हिसाब से कैप्चर की जाती है जैसी इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को चाहिए होती है वैसी ही इंफॉर्मेशन हम जनरेट करते हैं। वहां पर इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दी जाती है यहां इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की नीड्स के हिसाब से दी जाती है। फॉर क्लियर हुआ सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन